हज़रात बहावी तो बहुत मटेरियल बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे नातखा बाकी हैं बहुत अच्छे अच्छे शोरा बाकी हैं मौलाना नातिक रजा साहब माशा मुकम्मल सैफुल्ला सुल्तानी साहब और हमारे सूफियान रजा साहब कारी शुब साहब जो इनके दस्तोबाज़ू हैं मुकम्मल इन्हें मशवरों से नवाज रहे हैं मौलाना राहत अजीज़ी साहब इस मुशारे की सदारत फ़रमा रहे हैं लेकिन आप सुबहानल्ला बोलने में क्यों देर लगा रहे हैं बोलो सुबहानल्ला मुझे अच्छा लग रहा है अब इन्होंने इतना अच्छा कलाम पढ़ दिया कि अंदर से दिल अलहमदिल्ला खुश हो गया मैं चार मिसरे पेश करता हूँ कि नबी की नबी के जिक्र की खुशबू से मेरा घर महकता है अब वही आदमी बोले जिसका घर महकता हूँ वो ना बोले जिसका अकीदा ना हो कि मेरा घर नहीं महकता वो खामोश रहे जिसका घर महकता है नबी के जिक्र से वो हाथ उठा के बोले सुबहानल्लाह दोनों हाथों को लहरा के बोले लबिया रसूल अल्लाह नबी के ज़िक्र की खुशबू से मेरा घर महत्ता है नबी के ज़िक्र की खुशबू से मेरा घर महत्ता है अगर सोया रहू तो ख्वाब का मंजर महत्ता है अगर सोया रहू तो ख्वाब का मंजर महत्ता है कदम सरकार ने चौदह साल पहले रखा था कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था मगर अब तक के हिरा का पत्थर महकता है मगर अब तक के हिरा का पत्थर महकता है वक्त को बचाना है जल्दी से फारूक रजा बरकाती को लाना है जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं बड़े बड़े अच्छे मुशायरों में जाते हैं अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं जिसकी ना से इश्को अकीदत और इश्क रसूल के चश्मे बलते हैं मेरी मुराद बुलबुल बागाल शाकार तरन्नम जनाब मोहतरम तारी फारूक रजा बरकती दहलवी से है वो तशरीफ ना आइए जोरदार नालों से कीजिए। दोनों हाथों को लहरा के के के बोलिए तकबीर और साथ। अच्छा मैं देखता लोग में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं राजनीति में भी मकान में दुकान में हर चीज में मुकाबला करते हैं तो नेकिया कमाने में कौन आगे बढ़ता है आप लोग हाथ नीचे रखे आप लोग हाथ उठा के बोले सुबह अब आप हाथ नीचे रखिए जो लोग सीने के सामने बैठे हैं मदीना शरीफ जाना चाहते हैं हाथ उठा के बोले सुबह अल्लाह माशाला दमदारी अब आप इनको बताइए हमारी भी तैयारी है हाथ उठा के बोलो सुबह माशाला इधर नेटवर्क ज्यादा है अब पता नहीं आपके अंदर क्यों इतनी कमी है दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर नारे नारे गौशियत मशरक अला हजरत फैसान अला हजरत जनाब मोहतरम फारूक रजा साहब बरकती दिलो दिमाग की बत्ती चला के देख जहनो दिलो दिमाग की बत्ती चला के देख घर घर में मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख घर घर में मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख देखो दिमाग की बत्ती देख घर घर में मेरे गौस हैं चश्मा लगा के देख क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से क्यों दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से वो बता खून का चेकअप करा के देख मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और माशा हमारे शराय अहल सुन्नत मोहब्बतों से नवाज़ रहे हैं जहनों हमारे नाजिम रजा साहब ईशान रजा साहब माशा ये ऐसा लगता आज ही मालदार कर देंगे मगर मैं, मैं गरीब भी नहीं हूँ मेरे गरीब नवाज का करव है मोहब्बत से बोलो सुबहानल्लाहनों दिलो दिमाग की बत्ती जला के देख जहनों दिलो दिमाग की पत्ती जला के देख घर, घर में मेरे गौ से चश्मा लगा के देख घर घर में मेरे गौ से चश्मा लगा के देख और क्यों दुश्मनी है तो चार मिश्रे मुझे और याद आए हैं इजाजत हो तो पेश कर दू हजरा मुंबई के लोग जितने मुंबई के लोग बैठे हैं हाथ उठा के बोले सुबहानल्ला अच्छा जो बाहर वाले वो हाथ उठा के बोले सुबहान अल्लाह इसका मतलब बड़ी खुशी की बात है मुंबई के लोग ज़्यादा अब शेर सुनिए, दिमाग की पत्ती जला के दे घर घर में मेरे गौ से चश्मा लगा के दे क्यूँ दुश्मनी है तुझको इन अल्लाह वालों से वो बदअकीदे खून का चेकअप करा के दे मशीनी दौर है हर शे बसत रफ्तार चलती है मशीनी दौर है भाई कराम मुस्कुरा दे खाली सुबह बोलते मुस्कुरा दे तो काम बन जाता है मैं पीछे पलट कर इसलिए नहीं देखता हूँ बोलता हूँ ये सब जानते हैं लेकिन इनकी करम नवाजी है ये बहुत बड़ी बात है कि मोहब्बतों से नबाज रहे हैं दुआओं से नबाज रहे अब शेर सुनो मशीनी दौर है हर शेर बसत रफ्तार चलती है मौलाना राहत अजीजी साहब तमामा की दुआएं चाहता हूँ मौलाना निज़ाम साहब और सरपरस्त मुशायरा शेर सुने मशीनी दौर है मशीनी दौर है हर शे रफ्तार चलती है जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर पर, पर, पर पर चमकती कार चलती चलती है, है, मगर मगर मगर साइंस साइंस हैरा हैरा फकीरों फकीरों की की सवारी सवारी ये ये जिस जिस दीवार दीवार दीवार दीवार बैठे बैठे वो वो हो नारे हैदरी नारे वोशियत सुन्नत मसल के आला हजरत नकीब उर्स आला हजरत नकीब आदम हिंदुस्तान वाह वाह हमारे ज़ुबैर हसानी साहब फरमा रहे हैं आप कुछ देर बोलते रहिए मगर मैं बिल्कुल यहाँ अपना घर समझ रहा हूँ शॉर्टकट के में काम चलाता हूँ इजाजत है मैं दोबारा पेश कर दूँ मोहब्बत से बोलो सुबह अल्लाह मशीनी दौर है हर बसत रफ्तार चलती है मशीनी दौर है हर बसत रफ्तार चलती है जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है यूनुस भाई आइए, आप बहुत देर से आए हैं तशीवर आइए इधर कुर्सी खाली है मशीनी दौर है हर शहर बसें रफ्तार चलती है जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है मगर साइस हैरा हैं फकीरों की सवारी पर मगर साइस हेरा है हैं। की पर पर ये जिस दीवार दीवार बैठे हो वो दीवार चलती दोबारा नारा लगाए जितने ना सबको खुश रखे बाहर वालों को भी दुनिया में इज्जत दार और यहाँ वालों को भी दुनिया में इज्जत दार मरने के बाद जन्नत का हकदार बना दी दोनों हाथों बैठा के बोलो नारे तकबीर नारे रिस है दाद। दाद। आदमी हौसला हारे न परेशानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में डूब सकती ही नहीं मौजों की तुलियानी में जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहवानी में